हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है पल्लव कुमारी और आज आप देख रहे हैं गेमिंग वीडियो आज इस वीडियो में हम टॉकिंग घोस्ट गेम खेलेंगे ये सेम टू सेम एंजल जैसा है जैसे हम रात को तीन बजे एंजिल का गेम खेलते हैं उसमें रियल घोस्ट आती है वैसे ही टॉकिंग घोस्ट में भी पौने एक बजे दोपहर के अगर आप देखते हैं या खेलते हैं तो इसमें घोस्ट आता है सी रियल को ऐसा सभी ने कहा तो आज हम ये ट्राई करेंगे इट इज रियल और फेक so, आ गया है, दे है। लूडिंग So guys, आप देख सकते हैं हम एंजल होता है यहाँ पे एक होस्ट है सेम टू सो सो द गेम इज़ बिगिन हेलो हेलो हेलो मेरा नाम पल्लवी कुमारी है और जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को डेढ़ लाख लाइक कर दीजिए इस वीडियो को डेढ़ लाख लाइक कर दीजिए लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी और आप एक घोस्ट हो घोस्ट भाई क्या तुम घोस्ट हो हेलो हेलो हेलो हेलो आप क्या घोस्ट हो आप एक घोस्ट हो मेरा नाम पल्लवी कुमारी है मेरा नाम पलेवी कुमारी है। और आप कौन हो कौन हो? आप कौन हो आप कौन हो? आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं? सो गाइस मैं कब से ट्राई करी कुछ बोले ये बोल ही नहीं रहा है हेलो हेलो आप एक गोस्ट हो हेलो हेलो हेलो हेलो गाइस ये कुछ भी नहीं बोल रहा है लोग ऐसे फालतू बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है ये कोई घोष्ट वोस्ट नहीं है ये फालतू में एक फेक गेम बना के रखा है कुछ नहीं है इसमें नॉर्मल टॉकिंग होस्ट है गाइस सभी ऐवे ही बोल रहे थे ये रियल है ये रियल है वो है ये है ये है। तो कुछ नहीं है फालतू सो वीडियो एक फनी सा होस्ट है गाइस तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों पर ज़रूर शेयर कीजिए सो बाय बाय गाइज हाँ मेरा फोन है हो रहा है